राहुल दो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका डॉक्टर चैनल पर मैं सक्सेना आज के समय में ये प्रश्न बहुत है कि नारी नारी के प्रति सहयोगी कैसे बने ये बहुत बनेपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम डॉक्टर जीजी से जान रहे हैं कि नारी नारी के सहयोगी कैसे बने परिस्थितियों सास भी कभी बहुत ही उस परिस्थिति में उसको आना है उस फील्ड को उसको पहुंचना है तो उसके पहले के चिंतन को वो कुछ संकुचित नहीं कर पहली बात दूसरी बात क्या है हर नारी अब हर जो नारी दूसरी नारी होती है उसका गुणों का सम्मान का सम्मान करने है उसके पास उसका क्या अच्छा है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है क्या विशेषता है।, है, है, है।, ना कारण, कारण है नारी के प्रति असंवेदनशील हो जाए कई बार ऐसा प्रकट होता है कोई अपनी सफलता से आगे बढ़ जाता है कई बार ऐसा होता है प्रकृतिक रूप से किसी के पास सौंदर्य अधिक होता है कई बार ऐसा होता है कि अपने गुणों के कारण वो जो है नारी कीर्तिमान होती है ऐसी अवस्था में हमारे मन का विचार जो क्षमता होती है वो विस्तार उसको देना चाहिए उसका सम्मान ही आपका सम्मान होगा अगर उसमें आपने त्रुटिया कमियां निकालना आरंभ की है तो इसका अर्थ है आप बहुत अधिक जो है संकुचित भावना से अपने आप को नीचे गिराना चाहिए अगर किसी गुण है और उस गुण की क्षमता से वो अपने रूप में सितारा बन चुकी है या लोग उसके प्रशंसा के ऐसे अवस्था में अधिकांश नारियाँ जो है उनकी गुण के प्रशंसा के रूप के अतिरिक्त उसकी कमियों को निकालने की कोशिश करती हैं ये कमियां जो है वो उस नारी के लिए निकाल रहे हैं लेकिन जब आत्मभाव एक नानी भाव जागृत होता है इसका अर्थ यह है कि जिसके जितने उसके पास गुण हैं उतनी कमियां उसके पास हैं तो बजाय इसके कि अपने गुणों को विकसित करने के किसी के गुणों की निंदा करना ही नारी का होता है तो ये प्रयास करें एक तो नारी जब किसी के अत्याचार से पीड़ित हो किसी की निर्दयता से अपने आप को परेशान लिखे अर्थव्यवस्था से किसी कारण से कष्ट हो तो सारी नारिया मिल उसका सहयोग करें, उसको उत्साह बढ़ाएं, उसके उम्म को बढ़ाने का प्रयास करें और उसके जीवन को जो है आगे लाने का प्रयास करें। नारी खुद के लिए खुद कमजोर होती है इसलिए एक भाव उसमें छोड़ दे किसी ही की निंदा न करे राधे थैंक यू डॉक्टर जेजे इतना डीप मीनिंग फुल आंसर इस प्रश्न का देने के लिए कितनी अच्छी बात हमें आज डॉक्टर जे जे की से हमें पता चली है मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आपके मन में कोई प्रश्न हो ज़रूर हमसे पूछें इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें राधे राधे